हेलो दोस्त तो कैसे हो आप लोग आज मैं आप सभी को एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा कि अगर आपको कहीं भी यानी किसी कंपनी में किसी महाराजा राजा या किसी बादशाह के दरबार में आपको अगर कोई पद से सम्मानित किया गया है तो उसकी गलत उपयोग कभी ना करें अगर आप उसकी गलत उपयोग करते हैं तो आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ सकती है तो चलिए इस कहानी से आपको पता चलेगा कि अगर आप गलत उपयोग करते हैं अपने पद की तो कैसे सजा मिल सकती है एक बार की बात है अकबर बादशाह के दरबार में खजाना बट रहे थे गरीब मजलूम लोगों के लिए तो बहुत सारे लोग बादशाह सलामत के दरबार में जाने का फैसला लिया तो जो कोई भी बादशाह सलामत से मिलने की कोशिश करते तो उसकी संतरी यानी द्वारपाल उससे उसकी मुआजा लेते यानी उसके पैसा लेते तभी उसे अंदर जाने के लिए देते तो महेश दास नाम का एक आदमी भी अकबर बादशाह से मिलने का फ़ैसला किया कि हमें भी कुछ धन की आवश्यकता है शायद यहाँ से पूरी हो जाए तो जब वो गए तो उसे महल के द्वार पर रोक ली गई और कहा गया कि तुम्हें अंदर तभी जाने दिया जा सकता है जब तुम इसकी कर दोगे तो बोला मेरे पास तो कुछ है नहीं तो क्या करूं तो बोला उस मंत्री ने कि तब तुमको इसी हालत में अंदर जाने दिया जा सकता है जब तुम बादशाह सलामत से इनाम लेकर के वापस आओगे तो उसकी आधा हिस्सा हमें देना पड़ेगा तो इन वो इंसान महेश दास जी मान गए चलिए ठीक है मैं अपना इनाम का आधा हिस्सा आपको दे दूंगा तो जब वे बादशाह सलामत के दरबार में पहुंचे तो उनसे पूछा गया कि आपको क्या चाहिए तो महेश दास जी कहते हैं कि मुझे 50 कोड़े इनाम में चाहिए तो सारे द्वारपाल मंत्रीगण जितने भी उसके दरबार में बैठे हुए थे सब चौंक गए कि ये क्या आप अकबर बादशाह ने दोबारा उनसे पूछा कि आप क्यों मजाक कर रहे हैं हमसे आप तो क्या चाहिए बताइए तो फिर दोबारा उन्होंने वही बात कही कि मुझे 50 कोड़े इनाम में दीजिए तो अकबर बादशाह ने कहा ठीक है आपकी ये इच्छा भी पूरी की जाएगी लेकिन आप ये बता सकते हैं कि आपको पचास कोड़े इनाम में क्यों चाहिए तो उन्होंने बाहर में द्वार पर जो उसके साथ हुआ सारी घटनाएं बताई कि मुझे इनाम में जो कुछ भी मिलेगा उसकी आधा हिस्सा आपके द्वारपाल को देना पड़ेगा इसीलिए लिए मुझे पचास कोड़े ही चाहिए तो अकबर बादशाह ने उस द्वारपाल को बुलाया और उसे कहा कि आपको इस आदमी की आद, इनाम की आधा हिस्सा आपको दिया जाएगा तो वो आदमी बहुत खुश हो गए तो द्वारपाल से फिर अकबर बादशाह ने पूछा कि आप जानना नहीं चाहोगे कि इस ये आदमी ने इनाम में क्या मांगा है तो उन्होंने कहा कि क्या मांगा है बादशाह सलामत तो अकबर बादशाह ने कहा कि इन्होंने इनाम में 50 कोड़े मांगे हैं तो आदमी जो द्वार पर द्वारपाल का काम कर रहे थे वो अकबर बादशाह से गिड़ गिड़ा कर हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगे। लेकिन उसे महेश दास जी की इनाम की पूरी हिस्सा उसे दी गई और महेशदास जी को अपने दरबार में मंत्रियों में रख लिए और उसका नाम बदलकर महेशदास से बिरबल कर दिया गया तो इससे क्या पता चलता है कि अगर अपने पद की गलत उपयोग करते हैं आप तो ऐसा ना हो कि उसकी गलत इनाम भी आपको मिल जाए उसकी गलत आप अगर किसी के साथ गलत करते हैं तो उसकी सज़ा आपको ही मिल सकती है इसीलिए अगर आपको कहीं पर भी किसी भी पद से सम्मानित किया गया है तो उस पद का कभी भी गलत उपयोग ना करें दोस्तों अगर करते हैं तो उसकी सज़ा आपको ज़रूर मिलेगी